बैक टू से टाइट है बट सम हाउ आई एम एबल टू ओपन इट लेट्स सी और पिक्चरोग्राफिक किया क्या लगता है लेट्स सी कि है टेनिस की लीसन निकला लेकिन ठीक नहीं हुआ मुझे सोने में प्रॉब्लम होती थी मुझे सारे देर बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी बट फिर मैं आया एक्सरसाइज मुझे बताया आपने तो एक्सरसाइज आई थिंक बहुत मेन है रेस्ट एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट चाह रहा था रोहित से ही सुनते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, रोहित किस जिम से हुआ था जिम इन जे रही थी मेरी तो मेरे नाइन सेशन पूरे हो गए और एट्टी परसेंट ऑलमोस्ट ठीक हो गए थी पेन <laughs> होता था वो ऑलमोस्ट चला गया बट थोड़ा बहुत है नहीं करते हैं है, <laughs> है। सब लोग यही बोलते हैं तो जैसा की इसने बताया कि अस्सी परसेंट ठीक नहीं हुआ तो हम अस्सी परसेंट बीस परसेंट ठीक नहीं हुआ हम बीस परसेंट पे डिस्कस करेंगे अस्सी परसेंट पे डिस्कस नहीं करेंगे तो आपने जब डेडलिफ्ट की उसके बाद कितने टाइम तक आप परेशान रहे क्या क्या आपने किया वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग जानना चाहेंगे सर ऑलमोस्ट तीन महीने मुझे प्रॉब्लम नहीं दो महीने मैं इसको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा देन ठीक नहीं हुआ मुझे सोने में प्रॉब्लम होती थी मुझे ज्यादा देर बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी बट फिर मैं आया एक्सरसाइज मुझे बताया आपने तो एक्सरसाइज आई थिंक बहुत मेन है रेस्ट एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट तीनों बहुत जरूरी है तो आपने इस महीने में क्या क्या गलतियां की जो आप बाकी लोगों को बताओगे कि जो नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले तो डॉक्टर को जाके दिखा दो जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप जाके दिखा दो क्योंकि अगर नहीं दिखाओगे तो फिर वो पेन धीरे धीरे बढ़ते रहेगा पहले थोड़ा सा देन वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा होते रहेगा वीक बाय वीक तो पे तीन महीने बाद कैसे इंटरनेट से के एक फ्रेंड भी यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में yes, sir, तो उसने पता so, yeah, हाँ है तो उस मुझे की यहाँ पे जाके दिखा दे तो वो ठीक है सर ये तो हमें पता है की Uh, जब भी कोई कारो इफेक्ट ढूंढता है वो एक्टिव प्लस जरूर देखता है चाहे वो आता है या नहीं आता है दिमाग में कि सारे लोग यहां पे आ चुके हैं और हमारी जो कोशिश रहती है वो कोई भी कोशिश नहीं हम कोई कोशिश नहीं करते हम सिर्फ कोशिश करते हैं आपको हील करने की हम कोशिश आ, आपको लगता है हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं ट्रीटमेंट पे है ना हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को समझाने पर स्ट्रेस देते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं पेशेंट हमारी बताई हुई बातों को फॉलो करें और हमें पता है कि उतने टाइम में वो हील हो जाएगा और जो पेशेंट हील नहीं होता वो तो कुछ ना कुछ अपनी गलतियां कर रहा होता है और चाहे हम कपिंग करते हैं या नीडलिंग करते हैं या एडजस्टमेंट करते हैं ये सारे नेचुरल हीलिंग के प्रोसेस हैं अगर आप भी इस प्रोसेस को इन्जॉय करना चाहते हैं अपने आप को हील करना चाहते हैं तभी हमारे पास आए अगर आप ये सोच के आते हैं कि आप एक दिन में हमारे पास ठीक हो जाएंगे दो दिन में ठीक हो जाएंगे तो आपके लिए ये जगह सही नहीं है और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको ये प्रोमिस कर सकते हैं ना हम तो ठीक नहीं कर सकते एक दिन में राइट मैं व्यूअर्स को इसका एडजस्टमेंट दिखाता हूँ इसका ट्वेंटी परसेंट लेग में पेन रह गया है लेग का जो पेन होता है वो नर्व का पेन होता है उसी को अब हमें ठीक करना है सारा स्ट्रेस देना है और रोहित काफी कुछ समझ के आए तो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा और फिर देखते हैं जो भी ये इसको जितना भी फायदा होता है गूगल पे हमें रिव्यू दे बता सकता है ताकि बाकी लोग भी पड़े जैसे और यूट्यूब में कॉमेंट दे भी लोग बताते हैं कि अब मैं इतना बेटर हूँ या इतना बेटर नहीं नाइस, नाइस। टाइट है somehow I am able to open it. Let's see. अभी किसी चीज़ लगाऊँ किसी चीज़ आखिर आखिर क्या हो रहा है? Let's see क्या time sa is given इसमें क्या थोड़ा सा centralized है इसलिए मैं ज़्यादा move नहीं कर पाऊँ। करते क्या हो? तो normally अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, MA चल रहा है, MA Economics and exam की तैयारी चल रही है। MA Bank exam अच्छा Bank exam yeah. यह है सीधा हो जाएंगे हलोज आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज बेल आइकन को हिट करें कुछ ना कुछ कमेंट करें लाइक करें अगर आपको वीडियो ठीक लगती है ठीक नहीं लगती है तो भी आप लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे जो एफर्ट है वीडियो बनाने का आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ये कंटिन्यूसली चलता रहे इसमें कोई इंट्रक्शन ना हो और आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है मैं कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाने की पूरी कोशिश में रहता हूँ और आप देखेंगे शायद मैं नया कंटेंट आप तक अगले कुछ वीक्स में जरूर लेके आऊँगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी सवाल हो आप हम सबसे पूछ सकते हैं थैंक यू